हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई होप अच्छे मैं केपी पी संताप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आ चुका हूँ बारापुल्ला पे जो कि बहुत दिनों से बहुत काफ़ी टाइम से ये फ्लाई पेंडिंग में पड़ा हुआ है आपको बता दूं कि ये सरायकाल खां तक ही चालू किया है बाकी ये मयूर बिहार तक बिल्कुल ये बंद पड़ा है बंद इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ जो बीच का हिस्सा है उसकी जो ये जो बीच का हिस्सा है उस पर एक तो यमुना रिवर पर इसका ब्रिज बनाया जा रहा है दूसरा इस पर लैंड एक्वार नहीं हुआ है जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे वो बाइक खड़ी हुई है मेरी उसके पीछे आधा हिस्सा बन गया है आधा नहीं बना है तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को बैक कैमरे से और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और देख सकते हैं ये जा रही है पिंक लाइन ये जा रही है मयूर बिहार से ये मयूर बिहार से जाती है आगे उधर दिखाएंगे आपको देखिए वो इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है तो अभी उस साइड में चलेंगे वहां पर इसका ये क्या नाम है एंट्री पॉइंट दिया हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग भी पड़ा हुआ है गाइस तो चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को बैक कैमरे से देखो पहला तो ये पार्ट है ये बिल्कुल बनकर कम्प्लीट ही हो चुका है ऐसे समझो क्योंकि जो बीच का इसका पार्ट बचा हुआ है वो बचा है और आपको बता दूँ कि आगे है अक्षरधाम उधर उस साइड में तो वहाँ से डहली देहरादून एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट होता है तो दिखाएंगे चल के आपको अभी आपको देखो कुछ ये है नज़ारा यहाँ का तो यहाँ की जो ज़मीन लैंड एक्वायर है वो अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पर विवाद चल रहा है तो इस वजह से बस ये ही थोड़ा सा पैच बचा हुआ है ये करीब ये बचा हुआ है पाँच मीटर का ये 500 मीटर का पैच है और वो वहाँ पर बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज यमुना ब्रिज पर तो वो भी आप लोगों को कवर करूँगा किसी और वीडियो में तो जब तक ये देख लो आप लोग तो आपको बता दूँ कि सामने पड़ेगा मेरे पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन और ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन एक ही दूसरे को एक साथ क्रॉस करते हैं और ये पड़ता है मयूर बिहार में तो अभी आप लोगों को आगे ले चलेंगे और फिर आपको दिखाएँगे के कहाँ से क्या होता है क्योंकि आपको बता दूं कि जो भान अभी एयरपोर्ट की साइड से आएंगे या गुड़गांव से आएंगे तो वो जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो बारह पुल्ला होते हुए ये इस रास्ते पे ये यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा के भी निकल जाएंगे राइट में और लेफ़्ट में डेली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए निकल जाएंगे गाइड तो वो भी आप लोगों को दिखाएँगे इस वीडियो में और बताएँगे भी तो बने रहिए के के साथ में गाइड तो चलते हैं आगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे और ये सर्विस लेने देखो कुछ इस तरीके से ये बनाई गई है ये मतलब टू व्हीलर के लिए है और ये मेन हाईवे का पार्ट है ये लगा लो थ्री लेन उस साइड में थ्री लेन इस साइड में सिक्स लेन का है ये दोस्त तो मैं वहाँ से आया हूँ ऐसे दिखाता हुआ आप सभी को और देख सकते हो ये है ये दूसरा पार्ट है ये देख सकते हैं ये तो इधर से नोएडा की साइड से इस पर चढ़ेंगे भान और ऐसे निकलते हुए ये सीधे बारापुल्ला पर चढ़ के और ये निकलेंगे जाकर आई हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल के लिए और वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे दोस्तों और ये सीधा आएगा यह आएगा मयूर बिहार की साइड से जैसे कि हम देहरादून की साइड से आएँगे ये अक्षरधाम की साइड से आएंगे, सा आएंगे और यहाँ से ऐसे चढ़ेंगे और इस पर आ जाएंगे और ये है उतरने के लिए ये सारा उतरने के लिए है और देख सकते हैं जब हम इधर से आएँगे काले खां की तरफ़ से इस साइड से जैसे हम आएंगे तो हमें नोएडा के लिए जाने के लिए दोस्तों इस पर ऊपर चढ़ जाएंगे ऊपर चढ़कर और ऐसे उतरेंगे और ऐसे निकल जाएंगे सीधे इधर नोएडा के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए और अगर हमें बिल्कुल सीधे जाना है अक्षरधाम की साइड में जाना तो हम ये वाला लेंगे इस वाले को और यह है पिंक लाइन पिंक लाइन ये है और ब्ल्यू लाइन वो रही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 चैनल पर गई तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये इंटरचेंज बनाया गया देख सकते हो किस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया गया है क्योंकि तो यहाँ से अब यहाँ से दो रास्ते उतरते हैं एक तो नीचे के लिए उतर रहा है और एक ऊपर के लिए उतर रहा है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो देखो एक ऊपर चढ़ गया जो नोएडा के लिए जाएगा वो ऊपर की साइड में और जो नीचे अक्षरधाम की साइड जाएगा वो नीचे की साइड में तो यही है कुछ नज़ारा और यहाँ तक ये उतरने के लिए भी है। ये मयूर बिहार में सीधे जाने के लिए मतलब कि लेफ़्ट में भी जाने के लिए तो यही चीज़ है अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन नहीं दी अभी तो ज़मीन की ही वजह से ये लटका पड़ा है अभी ना पहले ही बन के कम्प्लीट हो जाता क्योंकि अभी इस पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है यमुना रिवर पर तो वो भी आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में तो चलो मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या नज़ारा है यहाँ का फिर आप लोग बताना फिर आप लोग बताना कि क्या नज़ारे हैं चलो मैं इस पर चढ़ के एक बार आप लोग को दिखाऊं, फिर आप लोग बताना मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ और आप नज़ारा देख सकते हो कि कैसा है ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा नज़ारा है भाई तस्वीरें आप लोग देख सकते हो ये नज़ारा है दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कुछ ऐसा नज़ारा है और यहाँ पर ये इंटरचेंज है बारापुल्ला का बारापुल्ला पुल्ला का इंटरचेंज तो ये हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और ये जो जगह है ये है मयूर बिहार देख सकते हो ये मयूर बिहार की फ्लाई ओवर है और उधर वो ब्लू लाइन और ये पिंक लाइन जा रही है ये जा रही है सराकाले खां के लिए तो इस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया गया है किस तरीके से बनाया गया आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का ये देखो तो ये तो उतरने चढ़ने के लिए उतरने के लिए है और उस पर घूमने के लिए भी है ऊपर से और नीचे था भी है तो आप लोगों को चलो दिखाते हैं तो चल रहे हैं उधर की थर्ड में और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इंटरचेंज यहाँ का बनाया गया है गाइड तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन मैं आप लोगों को दिखा और बता नहीं पा रहा था तो आज मैं आप लोगों को फाइनली मैं ही इसको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो आप लोग तस्वीरें अपने आंखों से देखोगे भाई तो इंटरचेंज को मैं दिखा देता हूं इधर तय भी है कुछ ऐसा नज़ारा तो मैं सारा ये आपको क्लियर करके दिखाऊँगा देखो ये है कुछ ऐसा है जब उधर से बाहन आएंगे तो ऐसे चढ़ जाएंगे और उधर निकल जाएंगे, ठीक है और इधर सीधे सीधे सीधे चले जाएंगे इस साइड में और मैं इधर का भी आपको दिखाता हूँ कि इधर का कैसा है वो भी आप लोग देख लो कि मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में देखो ये तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है देखो ये ऐसा मतलब कि चढ़ जाएगा ये ऊपर की साइड में ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए हाँ देखो ये यहाँ पर मूर्तियाँ पीछे जा रही हैं ये क्या है श्री कृष्ण भगवान और देखो मयूर विहार देखो अक्षरधाम मयूर बिहार ये यहाँ पर दे रखा कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का तो इस पर चढ़ने उतरने के लिए है देखो मतलब कि हाँ यहाँ से एक तो ऊपर मतलब कि ऊपर से ऐसे नहीं वो तो साइड में है ना देखो यहाँ से ये इंटरचेंज बनाया गया है ऐसे ये चढ़ेंगे और ये जाके नोएडा पे जाके मिल जाएगा इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगा ठीक है और जैसे हम आएंगे इधर से तो हम ऐसे निकलते हुए इस पर चढ़ जाएंगे और वो उधर से दे रखा है तो वो भी आप लोगों को दिखाएँगे और बताएंगे दोस्तों देख सकते हैं वो ये पिंक लाइन है ये वाली ये पिंक लाइन है और वो ब्लू लाइन जा रही है नोएडा के लिए तो चलते हैं और आप लोगों को आगे का व्यव देते हैं उधर का तो यहीं से आपको बता दूं कि यहीं से आप लोग डेली देहरादून एक्सप्रेस पर भी चढ़ जाएंगे तो चल रहे हैं उधर की साइड में फिर आप लोगों को दिखाते हैं चलते हैं आगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं तो तस्वीरें देख सकते हैं ये लेफ्ट में चला जाता है अक्षरधाम देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए सीधा चढ़ जाएगा ऊपर के लिए यहाँ से ये लेफ्ट में सीधा डेली देहरादून एक्सप्रेस पे पर चढ़ जाएगा और सामने आपको बता दो ब्लू लाइन और रेड लाइन का यहाँ पर मेट्रो स्टेशन आ जाता है इस मयूर बहार पर और आप बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गायित मिलती है कितने